दोस्तों आप जो यह पानी का बूंद देख रहे हो और नीचे के साइड में एक लाल कलर का बटन होगा उसे दबाकर फोन को उल्टा करके देखिएगा तो पानी के बूंदों पर एक परी का तस्वीर दिखाई देगा ध्यान से देखिए और देख